यह मकर और कुंभ राशि का स्वामी है दर्शकों आप सभी लोगों को पता है तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं और मेष इनकी नीच राशि मानी जाती है शनि का गोचर एक राशि में ढाई वर्ष तक रहता है ज्योतिषीय परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसी को शनि की ढैया कहते हैं नवग्रहों में शनि की गति सबसे ज्यादा मंद है शनिदेव को वैदिक ज्योतिष में कर्म का कारक ग्रह भी कहा जाता है और यदि हम काल पुरुष की कुंडली भी बताएं तो जो टेंथ नंबर होता है ये कर्म का होता है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 कन्या राशि के जातकों साल 2020 में शनिदेव का कोचर कैसा रहेगा तो बेसिकली आपकी कुंडली में पंचम भाव में ये स्थापित रहेंगे कि पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं लंबे समय से अपनी शिक्षा को आप फिर से जारी करने के बारे में यदि सोच रहे हैं और कोई अड़चन आ रही है तो वो अड़चन दूर जाती हुई दिखाई पड़ेगी साल दो आपके सपनों को पूरा करने वाला ये साल हो सकता है खास करके यदि आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर इस साल आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी नए बिजनेस की शुरुआत यदि करने जा रहे हैं तो अच्छे से विचार विमर्श जरूर कर लीजिएगा। इस साल आपको नौकरी में कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है कोई नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे पुराने प्रेम संबंध जिनसे ब्रेकअप हो गया था हो सकता है उनसे भी ये संबंध स्थापित हो जाए हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है इसके साथ साथ आपको जो है अचानक से ज्योतिष की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ेगा आप अधिक लाभ कमाते हुए नजर आएंगे ये जो साल रहेगा इसमें आप लोग मोटा मोटा बहुत अच्छा करेंगे उपलब्धियों भरा साल रहेगा शनिदेव का यह गोचर और काफी कुछ जो आप लोग परेशान के ढैया से ये भी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है तो कन्या राशि के जात को आपको करना क्या रहेगा उपाय के तौर पर देखिए कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन जल में काला तिल डालकर ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग शिवलिंग पर अभिषेक करें दूसरा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करिए बेहतर रहेगा अपनी कुंडली का एक विश्लेषण करवा करके उपाय पूछें तो ज्यादा ठीक रहेगा शनिवार वाले दिन गाय को आप लोग हरा चारा काला नमक डालकर जरूर खिलाए उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए दर्शकों तो सब्सक्राइब कीजिए बगल नमला बेलाइकन दबाई और पुराने भी हैं